नजरी मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसे यह हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्वीदा है उसको तू तेरी झलक शर्फ नाम पेगी तेरी झलक शर्फ नाते करे तो हर